आर जब कनेक्टेड रहता है तो घंटी बजती नहीं और कर दीजिए तो तो लग जाती हेलो तू तू है है तूफान तूफान आए, तू आए। अंत तो तेरा ही होगा ना जी नहीं हेलो हेलो हेलो रॉन्ग नंबर सर आपसे कोई बात करना चाहते है वही बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया है

अभी तू किधर है बे? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो हो। जैसे मुझे जानते अब तुझे मार गिराने के लिए एक पल भी देर नहीं करूँगा इसीलिए तुझे मारने के लिए मैंने एक बकरा पार्टी को तैयार किया है कौन शिकारी है कौन शिकार ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। आ, ए, गिटार भैंस के सामने बजा गौटा के सामने नहीं मौका मिलने आरोप कुत्ता भी अपना दाँव खेलता है बेवकूफ कहे मेरी बात तो नहीं समझेगा सामने तो आई तो फेस टू फेस हेलो हेलो देखो मेरे

क्या yeah. अरे सुन अभी किधर है बे तू सामने आ मैं तेरी औकात दिखाता हूं रेडी

लालच बुरी बला होती है तेरी हाइट हाइट उसकी से मैच नहीं करती मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है अरे गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं पड़ती बस प्यार से बात करना पड़ता है स्वीट टॉप तो रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहनशाह शहनशाह किसे बुला रहे हो बुढ़े शादी की उम्र निकल चुकी है बुढ़ा किसको बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप